चलो आज हम दिखाएंगे अपनी प्रैक्टिस वीडियो और हमारी प्रैक्टिस वीडियो यहाँ से होती है स्टार्ट और अब मैं करता हूँ बैक फ्लिप और मेरे साथ जो आते हैं धनंजय भाई राहुल भाई ये सीखते हैं हमारे साथ बैक फ्लिप और हम लोग सब सीख रहे हैं अभी फ्रंट फ्लिप और वेबस्टर्ट सीख रहे हैं और साइड फ्लिप सीख रहे हैं तो मेरे को साइड फ्लिप का तो इतना नॉलेज नहीं है धनंजय भाई को बहुत नॉलेज है और कर भी करते भी हैं साइड फ्लिप और एक राहुल भाई हैं जिनको नॉलेज तो खैर ना के बराबर है लेकिन की हाइट अच्छी आती है जम में ना इनको टक आता है ना कुछ आता है शादी से पहले ये करते थे और मैंने तो अभी स्टार्ट किया नया नया तो ये करते हैं देखो गिरते भी हैं मजाक भी बहुत होती है हमारे बीच में ये देखो ये कर ये पड़ गए मेरे भाई मेरे भाई की बहन भजी पड़ी है हर जगह से अब देखते हैं इनको क्या होता है बातें प्रैक्टिस करेंगे या नहीं करेंगे पता चल जाएगा आ, तो अभी ना भिड़ो ये बड़ी अच्छी बात कही आप तो रुको जरा सब्र करो बोला धक्का बुक्की नहीं करने का आराम से लेने का नहीं आ मत आ रही तेरी कहना क्या चाहते हो अरे कंटिन्यू कंटिन्यू कर, continue कर है ये ये से क्या तो ले आजा पांच जो हाँ, हाँ, एक पांच जो हाँ, जम मत तुम तो तो हाँ, जम दे के बिगाड़ रहे हो अच्छा आज ठीक है जम नहीं देंगे तू ले ले तेरे एक जम दे दो चला था। नहीं चल। जम नहीं देंगे भाई अरे तू चल ऐसे बोसे तो आ रहे डबल जम थी। इतनी आ रही है अपन देंगे अरे जम नहीं देता कैमरे से उतर आएगा अब तो ये कर चल हाँ मैं मैं गिर रहा हूँ आपने अपनी आंखें बंद कर लिया ठीक है सीने से हो गई यार हो गई मुझे ये इसकी एक आदत है